वीडियो बन रहा है। बात सुनो गेट डाउन में ना फुल इंजॉय करना आप लोगों ने ठीक है हाँ बस वीडियो वीडियो एक क्लास बन रहा है वीडियो तुरंत उसी टाइम ट्रांसफर होगा आप देखो आप लोग आप लोगों का कितना इतना मैंने हजारों के हिसाब से पैसा बचाया मोबाइल लाते तो सारा खत्म होता है यहाँ हाँ चलो क्या डन करो फिर मत चलो ओ भाई, भाई।, भाई।, भाई।, भाई।, भाई।, भाई, भाई ki puti sabhi jo libre jo chike do game bhai niche jug <laughs> niche niche jug itara okay come back come back, I'm back, I'm back, I'm back. <laughs> कपड़े धुल गए भाई भाई माई लगा भाइयों में लगा लोग लग रहा भाई